जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितने बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाब होगी नंबर दो सक्सेस आपसे छह चीज मांगती है मेहनत बलिदान संघर्ष जुनून सब्र विश्वास नंबर तीन लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल में ही है कि भरोसा पर शक है और अपने शक पर भरोसा है नंबर चार लाइफ में वो मकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें नंबर पाँच वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए नंबर छः जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं नंबर सात कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने का आदत बन जाती है